तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सबसे आसान क्वेश्चन ए बी और सी की वर्तमान आयु का वर्तमान औसत आयु वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है और बी और सी की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है ए की वर्तमान आयु कितनी बताए कितनी है यह बताए सीआरपीएफ के लिए क्लास आपकी एप पे चल रही है ठीक है हाँ बता देंगे सीआरपीएफ के बारे में भी डिटेल में ये बताइए क्वेश्चन का आंसर सिंपल है बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं एकदम सही कुछ लोग अलग भी बोल रहे हैं देखिए ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है ठीक है ए प्लस बी प्लस सी कितने लोग हैं तीन लोग हैं बटा तीन बराबर 60. औसत क्या होता है सभी राशियों का योग बट उनकी कुल संख्या है औसत यही होता है यानी सिर्फ हम बोले a प्लस बी प्लस सी इनकी टोटल आयु क्या होगी 60 वर्ष है तीन लोग हैं. तो क्षेत्रीय अठारह यानी कि 180 वर्ष या ये तीन उधर जाएगा तो उन्हें में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर एक और b और c की औसत आयु मतलब बी प्लस दो लोग है बाई कितना है 50 वर्ष यानी कि बी प्लस सी बराबर 50 गुना के 100 यानी औसत आयु यह है कितना 50 वर्ष है दो लोग तो दोनों की कुल आयु का योग 50 गुना के 100 ऐसे भी कर सकते हैं तो देखा जाए तो बोल क्या रहा है प्रश्न में बोला है a की वर्तमान आयु अगर ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर दे तो बचेगा क्या इधर से देखिएगा बी प्लस कर दे तो बचेगा क्या a और इधर 180 में से 100 घटाएंगे 80 वर्ष यानी ए की जो आयु होगी वो कितनी होगी 80 वर्ष होगी सिंपल है इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है बताए एकदम आसान चलिए नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग देंगे रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 60 वर्ष 36 वर्ष यदि उनके पुत्र और दो पुत्रियों की औसत आयु 13 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु कितनी है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं सारे प्रोवेश रिपीटेड क्वेश्चन है अच्छे से ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें एस एस सी में पूछा गया ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का चलिए आंसर दिया देखिएगा समझेंगे रमेश है रमेश है उसकी आयु कितनी है चालीस वर्ष है फिर उसके बाद से पत्नी यानी कि रमेश की ये वाइफ है ठीक है इसकी आयु कितनी है छत्तीस वर्ष उसके बाद से कौन कौन है पुत्र है और क्या है पुत्रिया है ध्यान दीजिएगा सन है और डॉटर है दो डॉटर है यानी कि तीन लोग हैं ध्यान दीजिएगा कितने हैं ध्यान दीजिए एक सन है और प्लस दो डॉटर है दो पुत्रियाँ हैं उनके पुत्र और दो पुत्रिया दो पुत्र नहीं एक पुत्र है और दो पुत्रियों का औसत आयु तेरह वर्ष है तो तेरह गुने तीन तेरह तिया उनतालीस वर्ष क्या होगा उनतालीस वर्ष तो डायरेक्ट यहां लिख देते हैं उनतालीस वर्ष ध्यान दीजिएगा तेरह गुने तीन तेरह तीया उनतालीस वर्ष तो अगर देखा जाए सबकी आयु जोड़ लिया जाए और इनकी कुल संख्या से भाग दे देंगे तो पूरे परिवार की क्या होगी औसत आयु आ जाएगी तो देखेंगे नौ छः पंद्रह का पाँच हासिल एक चार तीन सात और सात चार ग्यारह ग्यारह एक बारह ध्यान दीजिएगा तीन तीन ग्यारह होगा ठीक है ग्यारह होगा यानी कि 115 वर्ष कितना होगा 115, सौ पंद्रह नौ छ पंद्रह तीन तीन छह चार दस एक ग्यारह ठीक है इधर देखा जाए तो एक इसका क्या है एक इसका पुत्र दो पुत्री, तीन ये और रमेश की वाइफ चार और रमेश पांच कितने लोग हो गए पांच पांच लोगों के कुल आयु का योग क्या है एक तो औसत क्या होगा परिवार की औसत आयु क्या होगा 115 को 5 से भाग करिए तो 5 दुना के 10 दस पांच 15 परिवार की जो औसत आयु होगी वो होगी 23 वर्ष आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसान सा सवाल है लेकिन जीडी में पूछा गया अच्छे से चलिए नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दस और बीस के बीच तीन के पहले तीन गुणजों के औसत और, और चार के पहले दो गुणजों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें चलिए इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए इसका आंसर बताइए सर आपकी तबीयत कैसी है तबीयत अभी थोड़ी बहुत खराब है हाँ कल तक ठीक हो जाएंगे बताएं अलग अलग आंसर आ रहा है और गलत भी आंसर आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करिए देखिए दस और बीस के बीच तीन के पहले तीन गुड़ जो देखिएगा किसके बीच बोला है दस और किसके बीच दस और बीस के बीच तीन के तीन के पहले तीन गुड़ज दस के बाद तीन का गुणज कौन होगा तीन का पढ़े पढ़ेंगे तीन एकम तीन तीन तिरी के तीन दुना के छ तीन तिरी के नौ समझ रहे हैं ना ऐसे जब पढ़ते हैं तो ये तो तीन तिरी के नौ तो ये दस के पहले हो गया दस के और बीस के बीच बोला है तो तीन चौक को बारह देखा जाए तो तीन का तीन चौक को बारह तीन पचे पंद्रह तीन छ के अठारह ये तीन के पहले तीन गुड़ज हो गए समझ रहे हैं दस और बीस के बीच लिखा है दस और बीस के बीच तीन के पहले तीन गुणजों का औसत यानी इनका औसत और चार के पहले दो तो दस के बाद चार से विभाजित होने वाली है चार का पहाड़ा पढ़िए चार एकम चार चार दुनिया की आठ चार तई बारह क्या होगा चार तियाई बारह चार चौको सोलह दो ही बोला है ना चार के पहले दो तो बारह और सोलह इनका औसत दोनों के औसत के बीच अंतर बोला है तो देखिए 12, तीन 15, तीन अठारह गैप बराबर है औसत बीच वाला नंबर होगा या औसत आप निकाल भी सकते हैं औसत क्या होता है सभी राशियों का योग बटा इनकी कुल संख्या अगर इनकी औसत बात करें इनकी औसत तो 12 प्लस पंद्रह प्लस अठारह जोड़ेंगे तो 12, 18, 30 और तीस दस चालीस प्लस पैंतालीस को तीन से भाग करेंगे तो औसत क्या होगा पंद्रह होगा औसत कितना होगा पंद्रह होगा या आप सभी को पता ही है औसत जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो जब अंतर समान होता है बराबर होता है तो औसत बीच वाला नंबर होता है आप सभी को पता है। तो बारह तीन पंद्रह तीन अठारह बारह पंद्रह अठारह का औसत पंद्रह या आप इनको जोड़ के तीन से भाग करेंगे तो भी पंद्रह ही आएगा ठीक है अब इनका औसत क्या होगा बताए बारह और सोलह है बारह चार सोलह ठीक है समझ रहे तो 12 दो 14 दो 16 14 या आप इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 28 28 को दो से भाग करेंगे 14 क्या हो जाएगा इनका औसत क्या हो जाएगा 14 होगा ठीक है का अंतर बोला है तो 15 और 14 का अंतर क्या होगा अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना आंसर होगा एक क्या आंसर होगा एक कितने स्टूडेंट दो तीन चार आंसर दे रहे थे बहुत सारे दे रहे थे अब सब लोग एक बोल रहे हैं। नहीं आया तो बताए औसत निकाल भी सकते हैं देखिएगा औसत पहले का निकालते हैं तो 12 प्लस पंद्रह प्लस अठारह बटा का तीन तो जोड़ेंगे ऊपर वाला तो कितना होगा 45 बटा का तीन तो ये हो गया 15 फिर नीचे वाला देखते तो 12 प्लस सोलह दो ही संख्या है तो बटा दो बारह सोलह क्या हो जाएगा अट्ठाईस और बटा का तो ये हो गया चौदाह पंद्रह और चौदह का अंतर एक ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे चलिए सिंपल क्वेश्चन है यदि ट्वेंटी थ्री तेईस छब्बीस वाई वाई प्लस फोर और उसके बाद से है और वाई प्लस सेवन का औसत तीस है तो वाई का मान कितना होगा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है क्वेश्चन पूछा गया है एस जीडी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है चलिए हा बताए औसत पता है क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या यानी सभी राशियां देखा जाए तो 23 प्लस 23 प्लस 26 प्लस क्या है y है और प्लस y प्लस 4 है प्लस उसके बाद से क्या है y प्लस 7 y seven, और बटा का इनकी संख्या कितनी संख्याएं हैं अब इसमें अलग अलग संख्याएं नहीं है ये एक संख्या है ये एक संख्या है यह एक संख्या है कॉमन लगा हुआ ना एक दो तीन चार पांच कितनी है यह पांच संख्याएं हैं और बराबर औसत इनकी कितनी है तीस है तो अगर देखा जाए तो इन संख्याओं को जोड़ लीजिए और y जोड़ लीजिए और ये पांच भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो देखिए जोड़ेंगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ये सात चार ग्यारह हो जाएगा ध्यान या जोड़ सकते इस जोड़ चार इसमें जोड़ दीजिए तो यह सात जोड़ेंगे तीस और यह तीस तीस साठ हो जाएगा यानी कि साठ हो जाएगा साठ प्लस वाई कितना है एक दो तीन साठ प्लस थ्री बराबर क्या होगा ये पांच कहा चला चला जाएगा इधर चला जाएगा इधर यानी भाग में गुना में तो तीन एक हो जाएगा यानी कि तो जा? नब्बे ठीक है तो वाई बराबर क्या होगा नब्बे बटाका तीन, तीन गुना में है, भाग में होगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा तीस नब्बे यानी कि तीन बार में तीन से कितनी बार में कटेगा प्रश्न में y का मान कितना होगा बताए समझ में आया कि नहीं जल्दी से कॉमेंट करे हाँ तीस आ रहा है तो बत्तीस और पैतीस कहां से आंसर आ रहा था जब आप तीस आने लगा तो बताए बत्तीस पैतीस कहां से आ रहा था आप लोगों का आंसर अब सबका अतिश आने लगा पहले तो अलग अलग आ रहा था